मौसम है बारिश का और याद तुम्हारी आती है बारिश के हर एक खतरे से आवाज़ तुम्हारी आती है बादल जब भी गरजते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ती है और दिल की हर एक धड़कन से आवाज़ तुम्हारी आती है मौसम है बारिश का